अब एक ट्रिक्स ये अपनाना है हमें कि ये जो हमारे पास डेटा है इस डेटा के अंदर मुझे एक एक रोज छोड़ के एक ब्लैंक लाइन ऐड करनी है मैं चाहता हूँ इस तरह से एक एक ब्लैंक लाइन ऐड हो जाए तो एक एक ब्लैंक लाइन कैसे ऐड होगा तो इसके लिए हमें क्या करना है इसके लिए हमें सिंपल सा एक ब्लैंक सबसे लास्ट में एक ब्लैंक रो मैंने कॉलम के अंदर सीरियल नंबर हम यहां पे लिख देंगे और फिर इसी सीरियल नंबर को कॉपी करके हम रिपीट कर देंगे तो लॉजिक ये कहता है कि जब हम सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेंगे तो जो इस सीरियल नंबर है ए और ऊपर का सीरियल नंबर एक का हो जाएगा और यहाँ इस तरह से कि जब ये शॉर्ट होगा तो सिर्फ वन तो आएगा नहीं ये तो पूरा कर रो लेके ऊपर जाएगा जिस कारण से एक रो फिल हो जाएगा एक ब्लैंक हो जाएगा तो इसी मेथर्ड को हम यहां आपके साथ करेंगे तो हमने इसको सिलेक्ट करके शॉर्ट कर दिया और चले गए कस्टम शॉर्ट में और यहां पे हमने सिलेक्ट किया सीरियल नंबर एंड ओके अब आप देखिए एक ब्लैंक रो और एक फिल रो आपके सामने दिख रहा है